कुमार शर्मा टेक्निकल एजुकेशन स्कूल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आऊं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना आज मैं आपको फ्रेंड्स इतने बिल्कुल इजी तरीके से रीडिंग लेना सिखाऊंगा कि आप वीडियो देखते ही रीडिंग लेना सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेस गो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसकी जो रेंज है जीरो से पच्चीस एम यानी रेंज से मतलब ये हुआ कि जीरो से पच्चीस एम तक की ही हम इससे नाप ले सकते हैं आइए हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये ये जो सी बना हुआ है ये ये हमारा फ्रेम है इसको हम बोलते हैं फ्रेम और आप यहाँ फोटो में देखेंगे ये एनविल ये एनविल बना हुआ है ठीक है और ये है स्पेंडर इसको स्पंडल बोलते हैं अब एक चीज़ और अब ध्यान करने वाली बात है तो माइक्रोमीटर के अंदर आपको यहाँ ये यह मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ आप देखेंगे ये, ये एक ब्लैक कलर की टिप लगी हुई कार्बाइड टिप्ट होती है ये इसलिए लगा जाती है ताकि माइक्रोमीटर जब बार बार लोगों बार बार पार्ट्स की मेजरिंग करें तो उसके टिप जो है घिसे नहीं ठीक है आइए तो हम आगे चलते हैं हम बात करेंगे स्लीव की ये ये जो जिस पर ये आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला ये वाला बाघ ये स्लीव है जिसमें डॉटम लाइन जा रही है जो सेंटर से जा रही है इसमें कुछ पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं, कुछ पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं और आप ये बात करेंगे आप यहाँ देखिए कुछ इस सर्कुलर स्केल के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके बोलते हैं थिम और ये है फ्रेंड्स रैचट स्टोप अब रैचेट स्टोप का कार्य क्या है जब माइक्रोमीटर के द्वारा कोई रीडिंग फुल ले ली जाती है तो चिट चिट चिट की आवाज़ करता है देखिए सुनिए ये चिट चिट की आवाज़ कर रहा है इसका मतलब ये जो है हमारा माइक्रोमेटानिक के द्वारा जो नाप ली जा रही है वो नाप हमारी पूरी ले ली गई है अब हम बात करते हैं स्केल की अब फ्रेंड जो ये ऊपर का जो स्केल है यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की दूरी है वो थी एम एक एम mm, और इसको बोलते हैं हम मेन स्केल और नीचे वाला आप स्केल देख रहे हैं आपको शून्य दी नजर आ रहा है शून्य से इस शून्य इस एक पॉइंट की जो बीच की दूरी है उसको बोलते हैं पॉइंट फाइव और इस, इसका जो मान है पॉइंट फाइव एम एम एम और इसको बोलते हैं सब स्केल या हाफ स्केल अब हम बात करेंगे जो सर्कुलर आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीज़न या सर्कुलर स्केल आइए तो हम बात करते हैं अब सीधे मेजरिंग की अब मैं आपके सामने ये, ये आपके सामने एक ड्राइंग है इस ड्राइंग के अनुसार जो ऊपर का ये है मेन नी स्केल नीचे सब स्केल और नीचे और ये जो सर्कुलर स्केल है इसको थिम्बल डिवीज़न बोलते हैं आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कि जो दूरी है वो है 1 एम तो अब हम और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पॉइंट फाइव जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ से यहाँ तक की ऐ, खाने की जो दूरी है वो 0.01 दशमलव जीरो वन है मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ऊपर वाले की अगर हम मेन डिवीज़न देखेंगे मेन डिवीज़न का जो मान है वो होगा दसमलव एक 1 एम सॉरी 1 एम और सब डिवीज़न का मान जो होगा वो होगा हो जीरो दसमलव और थिम्बल डिवीज़न का जो मान होगा एक खाने से दूसरे खाने तक के बीच की जो दूरी होगी वो होगी जीरो दशमलव जीरो वन एम अब आप ये समझ गए होंगे इन तीनों डिवीजन के मान कितने हैं? मेन स्केल का मान हुआ एक एम एक खाने से दूसरे खाने के बीच की दूरी और सब स्केल का जो मान हुआ वो दूसरे खाने से दूसरे खाने के बीच की दूरी पॉइंट फाइव ठीक आइए हम रीडिंग की बात करते हैं इसमें आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हम ग्यारह घिनेंगे तो यहाँ है बारह ये बारहवीं रीडिंग पे आपको पूरा ही दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे की रीडिंग आपको उसमें नज़र नहीं आ रही है ठीक है तो बारह तो हम पूरा का पूरा लिख लेंगे उसको लिखते हैं मेन डिवीज़न बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको लिख लें बारह मेन डिवीज़न फिर हम देखेंगे सब डिवीज़न इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है सब डिवीज़न इसमें कहाँ पता ही नहीं चल रहा है सब डिवीज़न का यहाँ है पॉइंट के बीच में और यहाँ नहीं है नहीं दिख रहा है तो इसका मानवा जीरो जो सब डिवीजन या इस, इसको हम इस स्मॉलेस्ट डिवीजन भी बोलते हैं फिर हम जाएंगे इसी चीज़ को आप यहाँ देखेंगे थिम्बल डिवीज़न थिम्बल डिवीज़न यहाँ से लेके कर यहाँ तक आप देख रहे हैं एक एम मिल रहा है फोर जीरो पर आ रहा है तो ये क्या है हमारी थिंबल डिवीज़न थिम्बल डिवीज़न का मान जैसे कि मैंने बताया एक डिवीजन थिम्बल डिवीजन का मान जीरो दसमलव जीरो वन एम होता है वैसे ही तो हम ये फोर ज़ीरो चला गया दशमलव फोर जीरो हो गया तो थिम्बल डिवीज़न और सर्कुलर स्केल का मान कहता हूँ अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो बारह आ गया बारह पॉइंट ये बारह पॉइंट अब हम यही चीज़ हम माइक्रोमीटर पर प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे पहले इसको बारहवीं तक तो खोल लेंगे हम 12 खोल लेंगे अब देखिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट अब आप ये रीडिंग देखिए यहाँ पर ऊपर के हमने पूरे 12 खाने खोल दिए हैं यानी कि 12 mm. फिर हम नीचे आएंगे सब डिवीज़न पे. सब डिवीज़न का मान आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है यानी और ये 12 mm से थोड़ा आगे जा रखा है तो कितना है तो हमने क्या करा फिर अब ये लोकनट्स लो हटा दे रहा हूँ अब ये देखिए आप यहाँ अब तो मैं बारह अब मैं पहले पूरी 12 रीडिंग दे देता हूँ ये पूरा इस समय जो है हमारा बारह एम है लेकिन बारह एम से फोर ही आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे क्योंकि एक खाने के मैं जीरो 0.01 mm है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं अब देखिए हम कैसे चलेंगे जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर ये जीरो आ गया 06 07 08 010 यानी पॉइंट वन दशमलव एक हो गया ऐसे 15 20 25 30 35 40 थ्री कितना हो गया ये 40 हो गया अभी हमारी जो रीडिंग जो हम हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं 12.40 तो रीडिंग हमने फिलहाल खोल दी है इसको हमने रीडिंग को लॉक कर दिया अभी देखे रीडिंग आगे नहीं जाएंगे 12.40 तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे तो आइए अब अगली फिगर के तरफ चलते हैं अगली फिगर में आप देखेंगे मेन डिविज़न में, में 20 से आगे की रीडिंग दिखाई गई इक्कीस बाईस यानी कि बाईस तो दिखाई दे रहा है पूरा पूरा यानी बाईस एम तो है ही अब सभी डिवीज़न देखते हैं सब डिवीज़न इसमें दिखाई दे रही है और फिर देखते हैं सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल में हम देख रहे हैं थ्री थ्री हमें थ्री थ्री दिखाई देता तो, हूँ रीडिंग उसकी है बाईस पॉइंट थ्री थ्री ये आप समझ गए होंगे अब मैं बाईस पॉइंट थ्री थ्री में आपको माइक्रोमीटर पोल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ हम दिल लेंगे इसको जो पूरा का पूरा हमने बाईस खोल दिया है फिर वहाँ चलेंगे ये खाने को जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर जीरो फाइव जीरो सिक्स जीरो सेवन जीरो एट पॉइंट वन पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री ज़ीरो अब ये हमारा कितना है थ्री थ्री अब थ्री क्या कहेंगे थर्टी वन थर्टी टू अब इसको लॉक कर देंगे अब आप देखिए जो यहाँ रेडिंग आई है बाईस थ्री थ्री जो हमने यहाँ रीडिंग किया है बाईस दशमलव थ्री थ्री और मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे फिर आगे हम दूसरी रीडिंग की तरफ चलते हैं दूसरी रीडिंग हम हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं मेन स्केल के अंदर पहली हम यहाँ देखेंगे कितना नाइन एम हमें समझ में आ रहा है नाइन एम पूरा को पूरा दिखाई दे रहा है फिर पॉइंट फाइव आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट फाइव यहाँ आ रहा है पॉइंट के बाद हमारा ये जीरो भी यहाँ समझ आ रहा है अब हम क्या करेंगे नाइन एम पूरा लिख लेंगे मेन डिवीज़न सब डिवीज़न हमारी कितनी आई जीरो फाइव दसमलव फाइव जीरो हम लिख लेंगे इसको फिर हम सर्कुलर स्केल पे देखेंगे ये हमारा फाइव है यहाँ से गिनेंगे जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री जीरो फ़ाइव जीरो फाइव हो गया तो दसमलव जीरो फाइव एम mm, थिम्बल डिवीजन सर्कुलर स्केल पे आ गया तो हम इसको सबको जोड़ देंगे फाइव फाइव फाइव फाइव तो हमारी जो रेडिंग इस समय जो स्केल पर है वो है नाइन पॉइंट ये हमारी नौ एम mm, ये मिलीमीटर हमारी मिलीमीटर में, में हमारी रीडिंग हो गई है आइए फिर हम दूसरी रीडिंग की तरफ चलते हैं अब ये रीडिंग आप देखिए बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है मेन डिवीज़न सिंबल डिवीजन सब डिवीज़न अब इसके अंदर एक खाना पूरा नहीं खुला है लेकिन हमें एक खाना नीचे वाला हमें दिखाई दे रहा है अब ये हमें दिखाई दे रहा है एक एम mm तो नहीं यानी कि मेन डिवीज़न हमारी कितनी हुई मेन डिविज़न हमारी पूरी नहीं है तो ज़ीरो तो सब डिवीज़न देखेंगे पॉइंट 0.5 हमने लिख दिया दो सब डिवीज़न में लिख दी अब सर्कुलर स्केल में हम देखेंगे कितना है 15। वैसे ही कितना एक एक खाने के खाने से दूसरे की दूरी जीरो दो जीरो वन एम एम तो ऐसे करें 0.1 वन ही हो गया 0.15 वन ही हो गया तो 0.15 वन फाइव हमने यहाँ लिख दिया फाइव 5 और 16 और यहाँ मैं डीजल को जीरो 0.65 सिक्स तो हमारी जो रीडिंग हुई जीरो अब मैं आपको जीरो ये माइक्रोमीटर पर भी खोल करके दिखा देता हूं बहुत छोटी रीडिंग है आपको परेशानी नहीं होगी आप अच्छे से सीखेंगे ये देखिए ठीक है अब हम आगे चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ दूसरी रीडिंग देखिए मेन डिवीज़न में हमें सेवन नज़र आ रहा है पूरा सात पूरा का पूरा है ठीक उसके बाद हम सब डिवीज़न देखेंगे सब डिवीज़न में जीरो यानी कि पॉइंट फाइव नहीं है और तो फाइव तो यह भी दसमलव जीरो जीरो कर देंगे हम और फिर हम यहाँ लेकर सर्कुलर स्केल पे हम मिला लेंगे सर्कुल उसमें फोर हो रहा है फोर यानी फोर्टी तो हमारी मेन डिवीज़न का मान सात हम है, सब डिवीज़न दसमलव सब डिवीज़न और 0.41 हमारा थिम्बल डिवीज़न तो हमारा कितना होगा फोर वन वन फोर और सेवन सेवन पॉइंट यानी सात दशमलव चार एक एम एम मिलीमीटर का हमारा साइज हो गया तो अब हम आगे चलते हैं आगे हमारा फिर मेन डिवीज़न में एक रीडिंग हमारी ये है 15 पंद्रह पे 15 पूरा नज़र आ रहा है तो हम क्या मेन डिवीज़न में लिख देंगे 15 पूरा को पूरा लिख देंगे फिर हम करेंगे सब डिवीज़न सब डिवीज़न का हम इसको चेक करें तो सब डिजन में हमें यहाँ पॉइंट नहीं नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको दशमलव जीरो जीरो करेंगे फिर हम सर्कुलर स्कोल को देखेंगे सर्कुलर स्केल पे हम देख रहे हैं दस ग्यारह बारह और एक तेरह यह थर्टीन हो गया है तो हम यहाँ वन लिख देंगे तो जीरो तो थ्री थ्री फाइव तो ये हमारा वन फाइव फिफ्टीन पॉइंट यानी पंद्रह दशमलव ये हमारा एक तीन हो गया अब फिर हमें एक डिवीज़न ये देख लेते हैं इसमें हम देखते हैं 12 हमें यहाँ नज़र पूरा आ रहा है सब डिवीज़न नहीं है तो 12.00 मेन डिवीज़न और सब डिवीज़न नहीं है तो दसमलव सब डिवीजन फिर हम सर्कुलर स्केल की हम बात करेंगे सर्कुलर स्केल पे 1.5 हमें यहाँ नज़र आ रहा है तो हमने 1.5 थिम्बल डिवीज़न हमने लिख ली फिर हम इसको यहाँ बता रहे हैं फाइव वन टू बारह ये हमारी वन फाइव एम अब मैं माइक्रोमीटर से फिजिकली आपको कुछ ये हमारे पास एक बार है राउंड बार है सिलेंडिकल बार अब मैं इस बार का भी नाप आपको ले करके दिखा देता हूँ माइक्रोमीटर को जब भी आप पकड़ेंगे इसके फ्रंट से ही पकड़ेंगे और नाप लेने के बाद आप इसको लॉक कर देंगे इसकी रीडिंग को अब मैंने इसकी रीडिंग को यहाँ लॉक कर दिया देखिए तो इसकी रीडिंग फिलहाल जो आ रही है हमारी 9.45 इसकी रीडिंग जो आ रही है नौ दशमलव चार पाँच ठीक या आप समझ गए होंगे तब मैं आपको फिर इसको लोकनट से हटा करके फिर मैं आपको एक रीडिंग और लेकर दिखा देता हूँ ये मेरे पास एक फ्लैट है मैं इस फ्लैट की भी रीडिंग लेके आपको दिखा देता हूँ देखिए फ्रेंड्स एक चट चट की बात करने लगा रीडिंग ना पूरी ले ली गई है हम उसके यहाँ चेक कर देंगे तो हम यहाँ रीडिंग को देखेंगे रीडिंग हमारी कितनी आ रही है यहाँ यह आ रही है इसकी जो हमारी रीडिंग आ रही 5.31 आ रही है लोग हटाएँगे फिर हम रैजेट से इसको ओपन करेंगे इसको हटा देंगे ऐसे ही हमारे पास एक ये हेक्सा है, गनल नट है ये नट ये एक्सा गोनल नट है अब हम एक्सा गोनल नट की नाप ले लेंगे ये देखिए आप बहुत ईजी है माइक्रोमीटर से नाप लेना बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जितनी भी रीडिंग होंगे उनको एक पर आपको चेक करके उनको जोड़ लेंगे जैसे ही आप उनको जोड़ के काउंट करेंगे और आपकी रीडिंग आपके सामने आई ये आप देखिए 11.10 ये 11.10 जीरो mm, एलेवन इसकी जो मोटाई है ठीक है अब मैं आपके पास जो है वाशर है मैं वाशर की नाप ले रहा हूँ मैंने वाशर को माइक्रोव ने लगाया और ये हमारा माइक्रो मीटर रैचट से हमने पूरी नाप लिए ली है चिट चिटचिट की आवाज़ आपको कर रहा है तो अब आप यहां देखिए एक एमएम एम हमारा पूरा का पूरा खुल गया है एक एमएम के ऊपर ये जो जा रहा है पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स तो हमारा एक जो वाशर की जो नाप एक्चुअल जो नाप आई है हमारी वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स एम कितनी है ज़ीरो पॉइंट सिक्स ये तो आप देख लीजिए नाइव पॉइंट जीरो पॉइंट मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स मेरे द्वारा आपको तो माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़ना आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद आपको माइक्रोमीटर पढ़ने में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू